सतना के मेहर में ओले किसानों पर मुसीबत बनके के बरसे है असमय बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद कर दी है किसान इस वक्त बेहद परेशान हैं और सरकार से उचित मुआवजे दिए जाने की मांग कर रहे हैं मेहर में ओलों और बारिश ने किसान की जान ले ली है हर तरफ फसलें बुरी तरह बर्बाद हो गई है ऐसे में किसान को तत्काल राहत की जरूरत है मेहर के ग्राम महेंद्र मतवारा परसवारा सेमरा सहित कई अन्य गांव में ओलावृष्टि होने के कारण किसानों की फसलें बुरी तरह बर्बाद हो गई है ऐसे में युवा नेता मनीष पटेल ने हल्का पटवारी के साथ मिलकर खेतों का निरीक्षण किया और मुआवजे को लेकर चर्चा की और किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना के तहत जो बैंक काटती है उसे उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए उसमें भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए बैंक को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और सरकार को भी हम सभी की ये जवाबदारी है कि पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाए इस बेल्ट में थोड़ा ज़्यादा हुआ है रेल के इस तरफ से ज़्यादा है और नुकसान उस तरफ भी हुआ है रोड के साइड में जैसे कि पचास परसेंट का नुकसान हुआ है शासन से यही चाहते हैं कि उचित मुआवजा हमको दिलाया जाए जिससे हम लोग के सी से कर्ज में डबे हुए हैं खाद बीज लेते हैं वहाँ से भी हमारा बीमा का पैसा कटता है तो नहीं मिल पाता है तो चाहते हैं कि शासन उचित हमको हम किसानों को मुआवजा दिलवाए हाँ जी हमारा नुकसान तो हो गया 40 चालीस पर 50 परसेंट नुकसान हो गया अब हम क्या करें क्या ना करें तो भगवान की सब लीला है लेकिन यही चाहते है भगवान से कि भगवान प्रार्थना करते हैं कि अब आगे कुछ ना हो जो हुआ नुकसान तो शासन प्रशासन हमको मुआवजा दिलाए कल दिनाक नौ को साढ़े तीन बजे के लगभग पहले तो हल्की बारिश हुई हवा चली उसके बाद थोड़ा बहुत ओलावृष्टि है पटरी पार वाले एरिया में ग्राम महिदर और परसवारा उससे लगा हुआ है तो उसी में खेत खेत जाकर किसानों के साथ मौका देखा जा रहा है उसके बाद जैसी भी जो भी स्थिति है उसकी फ़ोटो लिए जा रहे हैं वरिष्ठ अधिकारियों से इस संबंध में जानकारी दी जाएगी तो फसल का जो बीमा का पैसा बैंक काटती है मैं चाहता हूँ वो उचित मूल्य किसानों को मिले उसमें ये बात नहीं आना चाहिए कि पूरे में नुकसान नहीं हुआ या कम में नुकसान हुआ क्योंकि हर किसान अपनी राशि कटवाता है अपने खाते से, तो बैंक को भी इसमें देना पड़ेगा दूसरा सरकार को भी इस इसपे ध्यान देना पड़ेगा जो खड़ी फसल का नुकसान हुआ है और ओले गिरे हैं प्रत्येक किसान की जिम्मेदारी है और हमारे जैसे लोगों की जिम्मेदारी है कि मिलके इनको उचित मुआवजा दिलाया जाए वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खाद ऐसी जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं